नमस्कार प्यारे दोस्तों कैसे हो आप सब सरकारी जॉब अपडेट्स विद अमित चैनल में आपका आज फिर से स्वागत है तो दोस्तों आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ दोस्तों जो अभी मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के जो फार्म स्टार्ट हुए हैं कल से तो इससे संबंधित दोस्तों आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी इस योजना का लाभ उठाने के लिए दोस्तों इसके लिए जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो आपको मैं डिटेल्स में बताऊंगा और इसको अप्लाई करने के बाद आपको 6000 हज़ार रुपये प्रतिवर्ष आपको मानदेय दिया जाएगा चलिए दोस्तों वीडियो में बताता हूँ आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी जो भी वी भाई इस चैनल पे नए हैं या जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन उसको मिलता रहे चलिए दोस्तों चलते हैं वीडियो पे। पर देखिए दोस्तों अब की बार जो भी ये मुख्यमंत्री योजना के समृद्धि योजना इसके फॉर्म फिलअप करोगे उसके लिए फैमिली आईडी को है वो कंपलसरी कर दिया गया है तो जिस भी भाई ने अभी तक अपनी फैमिली आईडी नहीं बनवाई है अगर वो इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो सबसे पहले जाके नज़दीक की सीएससी सेंटर से अपनी फैमिली आईडी है वो बनवा लें तो दोस्तों सबसे पहले तो यही कंडीशन थी कि फैमिली आईडी है वो सबसे जरूरी है दोस्तों सेकंड नंबर पर जो भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं उनकी एज है वो 18 प्लस होनी चाहिए दोस्तों 18 से नीचे जो भी मेंबर है उसको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा और दोस्तों इसके साथ ही एक कंडीशन और दी गई है कि जो पी पी आपने बनवा रखी है दोस्तों उसके अंदर आपके लिए बैंक अकाउंट डिटेल है वो फिलअप होनी चाहिए तो जो जो भी कैंडिडेट 18 प्लस एज का है तो अगर उसने अपने फैमिली आईडी में बैंक अकाउंट डिटेल सबमिट नहीं करवा रखी है तो वो अपनी बैंक अकाउंट डिटेल है वो जल्द से जल्द जाके अपनी डिटेल्स अपडेट करवा लें तो दोस्तों अब की बार जब फैमिली आईडी से जो भी डाटा वेरीफाई होगा उसमें आप कुछ भी एडिट नहीं कर पाओगे इससे पहले ही अपनी फैमिली आई को है वो अपडेट करवा लेना आगे दोस्तों तीन नंबर पर तो दोस्तों जो भी भाई किसान है मजदूर है व्यापारी है इनके लिए दोस्तों ये जो मानधन कार्ड है ये जरूरी कर दिया गया है तो जिस भी भाई के पास अभी मानधन कार्ड नहीं है तो वो अपना मानधन कार्ड बनवा लें ये भी इस मुख्यमंत्री जो समृद्धि योजना है इसके लिए एक ज़रूरी दस्तावेज है दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण दस्तावेज जो आपको इस मुख्यमंत्री समृद्धि योजना के लिए जरूरी है तो अगर आपको मानधन कार्ड अभी तक नहीं बनवाया है या जो भी वी भाई मानधन कार्ड कैसे बनाया जाता है या इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए तो अगर दोस्तों उस पर वीडियो बनानी है तो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करके बता दें उस पर भी वीडियो बना दी जाएगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो दोस्तों ये जो मुख्यमंत्री समृद्ध योजना है इसका फॉर्म कैसे अप्लाई करें वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी बताऊंगा तो आज के लिए इतना ही दोस्तों बाय बाय